हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइज़ क्या हाल चाल है होप सब लोग मस्त तो होंगे स्वस्थ तो होंगे और अपनी बंदी के हाथ व्यस्त होंगे तो मैं निकल चुका हूँ अपने रूम से और करते हैं एक प्यारे क्या गुड मॉर्निंग अभी तो अभी मैं हूँ बस ही दारापुर में और अभी निकल चुका हूँ अपने रूम से चल निकल चुका हूँ देखो मौसम सही है आज कल रात बारिश हुई थी तो सामने कभी देखो क्या मस्त हो एक मैं। जी मैं पहुँच चुका हूँ इसी जगह पे ये फ़्लाई ओवर आप तो इसे अच्छी तरह जानते हैं देखो पूरा पानी भरा हुआ कल दोपहर में बारिश हुई थी यार कल क्या मस्त बारिश हुई थी एक ही दिन बारिश होने से मौसम बिल्कुल सही हो गया उतनी गर्मी नहीं हो रही है जिस गर्मी से हालात ख़राब थे भैया उस गर्मी में तो सरवाइव करना मुश्किल हो रहा था अभी फ़िलहाल यूँ है कि हम भी टी शर्ट से शर्ट चुके हैं जहाँ जब टी शर्ट पहनते थे जो कल परसों हाँ आज सट गए हैं क्योंकि मौसम सही है आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्या मिलता है आज खास तो सामने का नजारा देखो वाह क्या मौसम सीन भाई दिखा जो मैं आपको ये वीडियो में पिछली तो so यार हल्की हल्की बारिश होने लगी है जैसा कि आप देख सकते हो बड़ी ऐसा कि मौसम ठंडा रहेगा दो तो दिन दिन बारिश हो जाएगी तो बिल्कुल ठंडा मौसम हो जाएगा हल्के बारिश होने से ही बहुत अंतर आ चुका है दिल्ली में मानसून शुरू हो चुका है बड़ा मस्त मौसम हो रहा है ज़बरदस्त हो रहा है देखो बिल्कुल अब तो बारिश आएगी वक्का आज हम देख रहे क्या चीज़ें दबी का जी हाँ छोटा तो अंदर से बहुत लग्जरी से यार एक बार मैं भी गया था हाँ। नहीं भाई लेने के लिए किसी तो मौसम मतलब... तो सही में बारिश हो जाए तो मजा आ जाए तो यार दोस्तों में पहुंच चुका हूँ गाँव वाला चौक जी हाँ ये है रोहि नगर का गाँव वाला चौक कहते हैं तो दोस्तों सामने जो व्हाइट बिल्डिंग देखती हु ये गुरुद्वारा गाई ये है राजकीय उच्चतर माध्यमिक बाल विद्यालय और बालिका विद्यालय भी इसके बगल में ही है और ये है रोहि नगर ख्याला पुलिस चौकी और सामने देख रहे हो लाइट जली हुई दिख रही है हमारे केमिस्ट को क्या ही लग रही है तो भाई मैं पहुंच चुका अपनी केमिस्ट्री के सामने जी हाँ ये फार्मिजी के साथ हमारा केमिस्ट्र लिंक है फार्मी जी एक बहुत बड़ी कंपनी है इसके साथ लिंक है तो उठाते हैं सटर इसका ओह हो, हो, हो क्या है यार क्या ही मस्त मस्तों से डेकोरेट किया हाँ हाँ मंदिर भी रखा है तो यार क्या ही मस्त सेटलमेंट किया है और सारी दुबियाँ रखी हैंड ये देखिए एंटी फंगल विटामिन कैलशियम ये भी रखी है और पैरेस्ट्रोल रखी है वगैरह गैसट्रो है पेन किलर्स हैं एंटीबाइटिक है सारी दवाइयाँ है तेरे की ओमीजर्स है ओमीजो पाउडर वगैरह यहाँ पे अगले सारे स्टोरप वगैरह बाकी अभी मेडिसिन आने वाली हैं अभी आजकल आज में और मेडिसिन आएंगी और रह आएँगे वहाँ तो ये तो स्टार्टिंग है फिर देखते हैं आगे लोगों को क्या क्या आता है और कल ही फिर जाया फिर आया कल उसकी ओपनिंग तो तेरे बायनी की थी आप मस्त फिर मेडिसिन लग गई जो अंदर रखनी थी पानी भी रख दिया अपने लिए तो यहाँ पे बैठते हैं दो तो एक घंटा बैठते हैं यहाँ पे उसके बाद निकलते हैं पंजाबी बाग की तरफ ओके उसके बाद निकलते हैं पंजाबी बाग की तरफ तो वीडियो को यहीं पे पेंट करते हैं तो गाइस सपोर्ट बनाए रखना और वीडियो को लगातार देखते हैं और कमेंट और सब्सक्राइब भी कर देना यार उसमें क्या हो जाए क्यों लाइक कर दिए कमेंट कर दिए सब्सक्राइब कर दिए देखो भाई तुम्हारा भाई कभी भी नहीं बोलता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे क्योंकि तुम्हारा भाई वीडियो बना है आपको वो दिखाने के लिए और अपनी मेमोरीज सेव करने के लिए फिर भी अगर घर तो सब्सक्राइब तो हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा जाए कि और वीडियो बनानी चाहिए तो बनाइए बने रही है हमारे साथ आपको भी अगली वीडियो भी मिलेगी केमिस्ट्री के बारे में जिसमें दवाई के बारे में बताया जाएगा